छोरा आज तो अंगबाड़ी में तुम गए अरे मारा दादा तान काए बतावा काल बे मान तोले था तो मैं सोचो काय धान भात मड़ा मान बेच भी दी अरे मारा दादा आज मान छरिया दे मारा थी कौन खे दियो ताने तो क्या यो काल मैं छरीन छेड़े तो अंबिका बाई मान बोल्या कि तने देख लेंगा अरे पोता हेली 50 रुपया अरे मारा बेटा जब से तू व्हाट्सएप थे ना जब से मैं अपना घर में चौकीदार न रखियो ना, ना, ना चौकीदार के तनका तेरी छे यथारा मेहनत ही कमाई मैं कौन छे राखू कमाई वे?